कुछ भी नहीं है ये है तो है इसमें जिंदगी अब मुझको जाना है कहा सफर है आखिरी तू मेरी एक दिन मुझे मैं कहीं हो गया